घोड़ों को करीब 6000 साल पहले पहली बार पालतू बनाया गया था इसके बाद घोड़े किसी ना किसी रूप में मानव की सेवा कर रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में आज भी घोड़े बहुत बड़े झुंड में पाए जाते हैं एक झुंड में एक नर और कई मादाएं रहती है फैक्ट नंबर टू एक झुंड के घोड़े किसी एक घोड़े को अपना नेता मानकर उसके निर्देशों का पालन करते हैं एक झुंड के घोड़े दूसरे झुंड के जीवन और शांति को भंग नहीं करते हैं किसी किसी समय घोड़ों, गधों, और खच्चर के के पूर्वज एक ही थे। Fact number four, किसी तरह संकट में ओर से मादाओं को घेर खड़े हो जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं फैक्ट नंबर फाइव इतिहास में घोड़े पर लिखी गई पहली पुस्तक शालिहोत्र है जिसे शालिहोत्र ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पहले लिखा था फैक्ट नंबर सिक्स आज से छह करोड़ साल पहले के घोड़े का कद केवल 14 इंच और वजन मात्र साढ़े पांच किलो था इसे यो हिपस, यो हिपस कहा जाता है आज के घोड़ों के एक पंजे के मुकाबले इोहिपस के आगे वाले पैरों में चार उंगलियां और पीछे वाले में तीन उंगलियां होती थी फैक्ट नंबर सेवन आमतौर पर घोड़ो का जीवन काल पच्चीस से तीस वर्ष का होता है परंतु इंग्लैंड में 1760 में जन्मा एक घोड़ा बासठ साल तक जिंदा रहा उसकी मृत्यु 27 नवंबर 1822 को हुई। इस घोड़े को हुई बिली नाम दिया गया घोड़े के बासठ साल मनुष्य के एक साल के बराबर होते हैं फैक्ट नंबर एट यदि आप किसी घोड़े की लंबाई मापना चाहते हैं तो जमीन से लेकर उसके स्कंद भाग तक की लंबाई देखनी होगी यदि सिर से मापेंगे तो वह अलग अलग समय में अलग अलग आएगी फैक्ट नंबर नाइन घोड़े का पहला साल मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है दूसरा साल 7 साल के बराबर तीसरा साल 4 साल के बराबर और बाकी के 2.5 2.5 साल के बराबर होते हैं फैक्ट नंबर टेन दुनिया में घोड़ों की लगभग 160 नस्लें पाई जाती हैं, इनमें से अरबी घोड़ा सबसे उत्तम है फैक्ट फैक्ट नंबर नंबर 11 घोड़े होकर और लेट कर दोनों तरह से सो सकते हैं। 12 थल पर रहने वाले प्राणियों में से घोड़ों की आंखें सबसे बड़ी होती है फैक्ट नंबर 13 घोड़ों को गजानी फिल्म के आमिर खान की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जिसके कारण वह भविष्य के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते फैक्ट नंबर 14 क्योंकि घोड़ों की आंखें उनके सिर के एक तरफ लगी होती है इसलिए वह एक समय में 360 डिग्री तक देख सकते हैं 15, के बाल, और के खुरे की तरह की प्रोटीन से बने होते हैं फैक्ट नंबर सिक्सटीन एक अनुमान के अनुसार संसार में लगभग छह करोड़ घोड़े हैं फैक्ट नंबर सेवनटीन घोड़े को अंग्रेजी में स्टेलियन और घोड़ी को मै कहा जाता है फैक्ट नंबर 18 घोड़ों के दांत उसके सिर में दिमाग से ज्यादा स्थान का दाँत होते हैं फैक्ट नंबर ट्वेंटी घोड़े केवल नाक से सांस ले सकते हैं मनुष्यों की तरह मुंह से नहीं फैक्ट नंबर ट्वेंटी वन ऑस्ट्रेलिया में सत्रह सौ अठासी से पहले एक भी घोड़ा नहीं था इसके बाद उपनिवेशी इस देश में घोड़ा लेकर गए ऑस्ट्रेलिया में घोड़े का कोई कंकाल भी नहीं मिला है इफ यूब माई चैनल